अरमान मोटर गैराज के साथ वो ऑनिंग लाइट्स और डीटीसी कोड्स की पूरी जानकारी हम में से बहुतों को पता नहीं है कि हमारी कार के डैशबोर्ड पर रोशनी और प्रतीकों का वास्तव में क्या मतलब है और कब कार्रवाई करनी है वे इंजन के साथ मुद्दों को फ्लैग करते हैं या सबसे गंभीर मामलों में ड्राइवर के जीवन को भी बचा सकते हैं लेकिन आप कितने जानते हैं एक नए सर्वेक्षण के अनुसार तीन में से एक यह नहीं पहचान सकता है कि की हेडलैम्प संकेतक कौन सा प्रतीक है जबकि 27 प्रतिशत चेक इंजन चिह्न की पहचान नहीं कर सकते है और जब लोग समझते हैं कि कार उन्हें किस बारे में चेतावनी दे रही है तो बहुत कम लोग जानते हैं कि समस्या को स्वयं कैसे प्रबंधित किया जाए मतदान करने वालों में से दो तिहाई को पता नहीं है कि तेल की जांच कैसे की जाती है केवल आधे से कम को पता नहीं है कि टायर कैसे बदलना है और 44 प्रतिशत को यह नहीं पता होगा की विंडो स्क्रीन कैसे बदले जबकि 58 फीसदी को पता नहीं है कि उनके टायर फैद की सीमा क्या होनी चाहिए कब यह वैध हो जाए या इसे कैसे चेक किया जाए प्रत्येक प्रतीक का क्या अर्थ है और आपको इसके बारे में क्या करने की आवश्यकता है यह पहचानने के लिए आपकी आसान मार्गदर्शिका दर्शिका यहाँ दी गई है वन फ्रंट फॉग लाइट चालू है टू पावर स्टियरिंग सिस्टम की समस्याएँ थ्री रियर फॉग लाइट्स चालू है विंडो स्क्रीन द्रव का निम्न स्तर फाइव पहना हुआ ब्रेक पैड सिक्स क्रूज नियंत्रण सक्रिय है सेवन सिग्नलिंग दिशा एट लाइट सेंसर या रेन सेंसर में परेशानी नाइन शीतकालीन मोड टेन सूचना संकेतक इलेवन डीजल सहायक हीटर ट्वेल्व बर्फ की चेतावनी थर्टीन सिस्टम की समस्याए शुरू करना फोर्टीन चाबी कार में नहीं है 15. कुंजी कम बैटरी 16. दूसरी कार से चेतावनी दूरी 17. क्लच को धक्का देने के लिए संकेतक 18. ब्रेक पेडल को धक्का देने के लिए संकेतक 19. बंद स्टीयरिंग व्हील 20. लंबी बीम चालू 21. कम टायर दबाव 22. शॉर्ट बीम ऑन 23. टेल लाइट सिग्नल बल्बों की समस्या 24, फोर ब्रेक लाइट की समस्या 25, फाइव फिल्टर डी की समस्या 26, सिक्स ट्रेलर से प्लग का वियोग 27, वायु ने लंबन की समस्या 28, बिना सिग्नल के लेन पार करने की चेतावनी एंटी स्लीप सिस्टम लेन असिस्ट ट्वेंटी उत्प्रेरक के साथ समस्याएं 30 सीट बेल्ट के लिए चेतावनी बेल्ट चालू नहीं है 31. चेतावनी पार्किंग लाइट 32. टू ऑल्टरनेटर या बैटरी की समस्या 33. पार्किंग सेंसर चालू 34. सेवा चेतावनी प्रकाश 35. अनुकूली हेडलाइट्स चालू हैं। 36. हेडलाइट कोन 37. वेरिएबल रियर रियलर की समस्या 38. बिजली की छत को चालू करने में समस्या 39. फ्रंट एयर बैग बंद है 40. हैंड ब्रेक को खींचा जाता है 41. ईंधन फिल्टर में पानी 42. टू एयर बैग बंद हो गया 43. यांत्रिक समस्या या विद्युत त्रुटि 44. फोर बीम चालू 45. गंदे एयर फिल्टर को बदलने की आवश्यकता है 45. गंदे एयर फिल्टर को बदलने की आवश्यकता है 46. सिक्स मोड चालू 47. डाउनहिल असिस्ट ऑन 48. शीतलन प्रणाली की समस्याएं 49. एबीएस के साथ समस्या 50. ईंधन फिल्टर के साथ समस्याएं 51. खुला दरवाजा 52. खुला बोनट 53. रिजर्व पर ईंधन टैंक टैंक भरने की जरूरत है 54. स्वचालित गियर बॉक्स समस्याएं 55. गति सीमत चालू है 56. निलंबन की समस्या 57. कम तेल का दबाव 58. फ्रंट विंडो डिफ्रोस्टर 59. ओपन बूट 60. इलेक्ट्रॉनिक्स स्थिरता कार्यक्रम बंद है 61. वर्षा संवेदक 62. इंजन की समस्याएं या खतरे 63, रियर विंडो डी 64, स्वचालित विंडो स्क्रीन वाइपर वार्निंग लाइट्स तब दिखाई देती हैं जब सेंसर में से कोई एक त्रुटि का पता लगाता है और इसे इंजन नियंत्रण इकाई पर हाईलाइट करता है लगभग 200 चेतावनी कोड हैं। डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स जिसे इंजन फॉल्ट कोड के रूप में भी जाना जाता है पांच अंकों के कोड होते हैं जो कार में किसी विशेष समस्या की पहचान करते हैं फाइव डिजिट डीटीसी में एक अक्षर शामिल होता है जिसके बाद आमतौर पर चार नंबर होते हैं आपको इसे एक प्रोफेशनल के पास ले जाना होगा जो तब सिस्टम की जांच कर सकता है चेतावनी के स्रोत का पता लगा सकता है और आवश्यक मरम्मत कर सकता है अरमान मोटर गैराज यहां मदद के लिए है हमें 913 हंड्रेड थर्टीन करोर सेवेंटी लाख थर्टी फोर थाउजेंड फाइव या 845 हंड्रेड फोर्टी फाइव क्रोर एटीन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी टू आरोप कॉल या व्हाट्सऐप करें ताकि आप पूरे मुंबई में अपने दरवाजे पर सबसे तेज समाधान और सर्वोत्तम सेवा प्राप्त कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे कृपया अपने सुझाव और सिफारिश टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल अरमान मोटा गैराज को सब्सक्राइब करना न भूलें।